हेलो फ्रेंड कैसे हैं आयो आप अच्छे होंगे तो हमेशा की तरह एक कंटेंट मैं और लेकर के आपके लिए लेकर के आ रहा हूं तो जैसा कि देख सकते हैं ये एलवाईएफ का जीओ का एफ तीन बी मॉडल है जैसा कि आप देख सकते हो तो ये एक टेक्नीसन्स के पास आया था और इसमें माइक काफ़ी सारे माइक इन्होंने लगा करके देख लिया था और काम नहीं कर रहा था तो आज मैं इसकी सप्लाइयों के बारे में बताऊँगा और इसकी आपको वोल्टेज भी मैं दिखाऊँगा किसमें वोल्टेज आता है कि नहीं आता है और कहाँ पर आता है कौन सी सप्लाई क्या होती है इसमें पाँच पिन है तो कौन सी माइक होती है मैं सारे डिटेल आपको करने वाला हूँ यहाँ पर फुल डिटेल के साथ आपको करूंगा तो वीडियो को लास्ट इंट तक आप ज़रूर देखेगा तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगा इनके सप्लाईयों के बारे में समझ में आएगी ये जो पिने होती हैं एक्चुअल में ये पिने होती कौन सी हैं कौन सी डाटा वीडियो क्लॉक क्योंकि ये जो माइक लगा हुआ है इसमें डिजिटल माइक लगा हुआ है आपको मैं बता दूँ और डिजिटल माइक के साथ साथ इसकी जो सप्लाई और क्रिस्टल होती तो इसमें केवल दो सप्लाई होती पर यहाँ पर अगर डिजिटल हो गया तो इसमें तीन सप्लाई हो गई बाकी दो के ग्राउंड होंगे यहाँ पे ये मैं सारा आपको चेक करके बताने वाला हूँ और ये भी बताऊँगा कि यह प्रॉब्लम क्यों हो रहा था और इसका माइक काम क्यों नहीं कर रहा था तो वीडियो को लास्ट दिन तक आप जरूर देखिएगा तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगा फ्रेंड तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको ट्रेस करके और सारा चीज़ क्यों फाइंड आउट भी करके बताऊंगा कि क्यों नहीं काम कर रहा था तो वीडियो को लास्ट दिन तक आप जरूर देखिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलिए मैं इसके सप्लाइयों को बता दू और इसमें काम क्यों नहीं हो रहा था फ्रेंड तो मैं आपको चेक करके प्रॉपर वे में दिखा देता हूँ तो इस पर हम करेंगे कोल्ड टेस्टिंग इस पर हम करेंगे कोल्ड टेस्टिंग मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे तो तो चलिए फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे आपको सारी सप्लाइयाँ पहले मैं चेक करके ये जो आप पांच पिन आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पांच पिन आप देख सकते हो दिन तो पांच पिनों में दो ग्राउंड होते हैं तीन हमारी काम की होती है तो इसमें तीन जो होती है पहली पिन होती है डाटा वी डी और हमारा क्लॉक। तो जो हमारी ये वाली लेफ्ट वाली है ये हमारी है फ्रेंड डाटा की लाइन है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग आ रही है आप यहाँ पे भी दिखाइएगा तो आपको आ, ये देखिए मैं दोनों थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ क्लोज अब थोड़ा इधर दिखाइए तो मैं यहाँ पर पहले सबसे पहले डाटा ये डाटा है ये हमारी वी डी है और ये हमारा है फ्रेंड्स आपको बता दूँ ये जो तीन पीने हैं इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है लोगों को तो मैं सबसे पहले इसको डाटा की देखता हूं तो डाटा की रीडिंग आ रही है यहां पे आप देख सकते हैं ये देखकर रीडिंग आ रही है मैं क्लॉक की रीडिंग चेक करूंगा तो यहां पे आप देख सकते हैं क्लॉक की भी रीडिंग आ रही है मैंने क्लॉक पे अब आप हम वी की रीडिंग अगर हम चेक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे वी पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है वन आ रही है तो मैंने देखिए वी पे रखा हुआ है वी की सप्लाई ओपन हो गई है इसलिए यहाँ पे हमारा माइक दोबारा आप लगाएंगे तो कभी भी काम नहीं करेगा क्योंकि जो हमारा वोल्टेज बनेगा वो हमारा वी डी लाइन में ही वोल्टेज बनेगा फ्रेंड तो इस वीडियो को लास्ट दिन तक देखेगा मैं आपको ट्रेस करूँगा तो जैसे आप ट्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर कॉम्पोनेंट वगैरह सब कुछ मिल जाता है तो जब हमें ट्रेस करना है तो वी वाले पिन पर हम रखेंगे जिस पर हमें रीडिंग नहीं आ रही है जब हमारी रीडिंग नहीं आ रही है तो हम वी डी वाले पॉइंट पर रखेंगे और हम आसपास के कॉम्प्लेंट पे चेक करेंगे कि जिस पे हमारे बीप आएगी फ्रेंड तो वो हमारा वी डी का लाइन होगा तो हम रखते हैं उसके आसपास कोई बीप नहीं आ रही पर आप देखेंगे यहाँ पे किसी टेक्नीशियन ने जो भी रीजन के कारण यहाँ पर कॉम्प्लेट था ये देखिए बीप आपको सुनाई दे रही होगी आपको बीप सुनाई दे रहा होगा यहाँ पर एक लगा हुआ मैं अभी आपको क्लियर कट दिखाऊँगा अच्छे से साफ करके आपको पूरा पिक दिखाऊँगा इसकी कि कैसे क्या है तो फिलहाल जो है यहाँ पर एक हमारी कॉम्प्लेंट लगा हुआ है तो मैं अपने हाथ से ही आपको दिखा देता हूँ मैं आपको यहां से दिखा देता हूं कि जूम करके थोड़ा मैं दिखाऊंगा आपको तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा ये मैं जूम करके आपको यहां पे बस दिखा रहा हूं ये देखिए तो आप देख सकते हैं फ्रेंड ये जो यहां पे एक लगा हुआ था यहां पे एक लगा हुआ है मैं इधर से आपको टच करके दिखाता हूँ यहाँ पे एक लगा था तो देख सकते हैं यहाँ पे एक निकला हुआ है यहाँ पे किसी टेक्नीशियन ने निकाल दिया या फिर जो भी है तो यहाँ से यहाँ तक लेकर कंटिन्यूटी आ रही है मतलब यहाँ पे इस सीरीज में कोई ना कोई कॉम्प्लेट लगा था जो कि किसी टेक्नीशियन ने निकाल दिया तो है।, है।, तो है तो मैं आपको बता दूं ये हमारा जो डाटा है डाटा का यहाँ पर आ रहा है इस कॉम्प्लेंट पर आ रहा है हमारा जो यहाँ पे क्लॉक है यहाँ पर इसकी टी पी पे तो फिलहाल हमारा जो वी डी लाइन ओपन हो गई है तो मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर हमें क्या कर देना है आप यहाँ पे शॉट कर देंगे तो ये शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमारी रीडिंग आ जाएगी जब रीडिंग आ जाएगी तो वोल्टेज भी आ जाएगा तो चलिए हम उसको कर देते हैं उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि काम होता है कि नहीं तो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उसको जो कॉम्प्लेन नहीं था तो हमने यहाँ पे कर दिया इसको शॉट आप यहाँ पे कॉर्नर पे देख सकते हैं मैंने रांगा रख दिया है आप जंपर वायर भी यूज़ कर सकते हैं अब मैं इसकी रीडिंग दिखाऊंगा कि रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है फ्रेंड तो मैं इसको चेक करूँगा इस पर टेस्टिंग करूँगा ये हमारा मल्टीमीटर रखा हुआ है और इस पर हम चेक करते हैं कि जो हमारा वी डी का लाइन ओपन हो गया था उसमें हमारा रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख सकते हैं यहाँ पे हमने वी पे रखा और ये देख सकते हैं वी डी डी रीडिंग हमारा आ चुका है जॉब डन हो चुका है ये ट्रेसिंग अगर आपको समझ में आया हो तो आप बहुत ही आ, कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड कि आपको ये कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रेसिंग कैसा लगा तो अभी इसमें हम माइक लगाएंगे माइक लगाने का भी प्रोसीजर मैं आपको अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको माइक लगाने का प्रोसीजर भी बता दूंगा तो फटाक से एक बार मैं सबको एक बार फिर से आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि हमारे सब पे रीडिंग आ गई कि नहीं आ गई तो देख सकते हैं आपको पाँच पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है वन टू थ्री फाइव ये हमारा दो तो ग्राउंड होता है ये देखिए बी पा रहा है यहाँ पे भी हमारा बी पा रहा है ये हमारा ग्राउंड है अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये जो क्लॉक है क्लॉक में आ रहा है वी डी में भी हमारी रीडिंग आ रही है और हमारा यहाँ पे डाटा पे भी आ रहा है तो अभी हमारा पर्टिकुलर सही है अगर आपको और चेक करना है तो उसमें हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं तो मैं आपको वोल्टेज भी दिखाई देता हूँ तो गाय जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर मैं सप्लाई को नॉलेज देने के साथ मैं प्रैक्टिकल अब आपको हेलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं इसमें वोल्टज चेक करा देता हूँ आपको तो देखिए यहाँ पे हमारा ये वोल्टेज भी आ जाएगा क्योंकि जैसे देखिए 1.8 हमारा वोल्टेज आ चुका है क्योंकि हमारा वी डी डी ही वोल्टेज आता है बाकी डाटा और क्लॉक पे हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वी डी पे वोल्टेज आ चुका है अब हम सिंपल इस माइक को हम लगा देंगे ये हमारी माइक है यहाँ पे डिजिटल माइक बोलते हैं इसको अभी इस माइक को हम लगा देंगे और हमारा हंड्रेड जॉब डन हो जाएगा तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अब हमें हलो करके चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं इंस्टीट्यूट लेवल में आपको पढ़ाते हैं यहाँ पर क्योंकि ये अब सारी चीज़ हमने चेक कर लिया तो हमें अब माइक हमारी सही से लगेगी तो 100% काम हो जाएगा पर अगर ये सप्लाई अगर हम नहीं बनाते तो कितना भी आप माइन लगाते आपका सक्सेस नहीं होता तो चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच